जो च मेरी लाल है सुंदर सुंदर चाल है बागों में मैं जाता मीठे में खाता हूं। देख देख माली को नीचे पत्तों छुप जाता हूँ तोता हूँ मैं तोता हूँ हरे रंग का होता हूँ जो च मेरी लाल है सुंदर सुंदर चाल चेबों तो में छुप जाता हूँ